छतरपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है जहां कड़ाके की सर्दी में एक नवजात मासूम को मरने के लिए अस्पताल के बाहर लावारिस छोड़ दिया गया इसकी सूचना जैसे ही अस्पताल के बीएमओ को लगी वे तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया जिस कड़क ठंड के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर है उस ठंड में एक नवजात मासूम को मरने के लिए अस्पताल के बाहर लावारिस छोड़ दिया गया इसकी सूचना मिलने पर अस्पताल के बी मौके पर पहुंचे और नवजात बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया बच्चा ठंड के कारण नीला पड़ गया था अस्पताल में बच्चे के प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत ठीक बताई जा रही है वहीं बच्चे को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया जाएगा बीएमओ का कहना है इससे पहले भी लावारिस हालत में नवजात बच्चों के मिलने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं अस्पताल प्रबंधन ने लावारिस नवजात की जानकारी नौगांव थाने में भेजी जिसके बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है आज सुबह छह और सात के बीच में अस्पताल ऐसी जो हमारे स्लीपर रहे उनके द्वारा बताया गया की एक नवजात शिशु बॉन्डी के बाहर मिला है जब वो सफाई कर रहे थे उसी दौरान डॉक्टर ड्यूटी के द्वारा डॉक्टर बिक्रम सिंह राजपूत थे उनके द्वारा निर्देश किया गया ताकि तत्काल सूचना की गई और मुझे बुलाया गया मैं आया मैंने डॉक्टर दीक्षित को तत्काल बुला के उसका ट्रीटमेंट चालू करा बच्चा स्वस्थ है और लगभग ये बच्चा 12 घंटे के अंदर का ही नौजात से सुबह और क्योंकि उसकी जो थॉट थी वो यहीं पे हम लोग बच्चे को अब प्राथमिक उपचार होने के बाद स्टेबल होने के बाद बाकायदा 108 के द्वारा ऑक्सीजन के साथ हमारे स्टाफ एवं पुलिस थाने के माध्यम से जिला अस्पताल सीशी में भेजा जाता देखिए ये डेढ़ दो साल के अंदर अंदर्गत ये हमारे यहाँ तीस चौथी पांचवी घटना तक हो चुकी है और कहाँ से कौन कैसे क्या कर रहा है और जबकि यहाँ पर उसमें से एक बच्चा तो मृत मिला था और दो से तीन बच्चे जीवित मिले जो कि आज भी अच्छे से सुरक्षित करके जो अस्पताल से किए नौ बजे करीब की बात है अस्पताल से एक में तहरीर में प्राप्त हुई जिसमें बताया उल्लिख किया गया है कि एक नवजात शिशु अस्पताल के पीछे मिला है उनके द्वारा लाया गया है समाज सेवियों द्वारा लाया गया है जो अस्पताल में भर्ती है इलाज चल रहा है इस संबंध में जाँच पड़ताल की जा रही है